वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे चैनल सैम डब्ल्यू ब्रोजर पर एंड आई एम सो सॉरी ये वीडियो काफ़ी डिले हो गया इसे अपलोड करने में अपने अगले लेसन के लिए जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको हम लोग जानने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कीबोर्ड की कुछ चीज के बारे में और ये सच में ये की और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है है ना शानदार होने वाला है तो so, प्लीज वीडियो को पूरा देखें बिल्कुल भी स्किप ना करें और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो so, प्लीज वो जो राइट बटन दिख रहा है आपके राइट कॉर्नर में उस बटन को जल्दी से दबा दो और बेल को भी समझ रहे हो ना चलो आगे बढ़ते हैं ओके okay, सो so, आपके सामने ये दिख रहा है की पर आज इस वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं हम उन्हें देखने वाले हैं अपनी कंट्रोल की यहाँ पर जो आप परस दिख रहे हैं शिफ्ट की कैपलॉग की टैब की स्पेस बार बैक स्पेस और ये स्पेस बार okay. और बैक स्पेस इसका क्या यूज होता है स्पेस बार जो है ना कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है जो हमें लेफ्ट से राइट right तरफ स्पेस देने में हेल्प करता है ठीक है जब भी हमें लेफ्ट से राइट right तरफ या हमें थोड़ा सा भी स्पेस चाहिए जैसा कि आपके फोन में जो बड़ा सा बटन होता है ना टाइपिंग में वही सेम चीज़ इसका काम है ठीक है स्पेस बार हम यूज करना देख लेते हैं इसे, कैसे हम यूज करना मैं पहुंच जाता हूँ अपने एमएस एस वर्ड पर ये यहाँ पे मैंने सपोज लिखा है सेम और इसके बाद मुझे अपना सरनेम डालना है तो मैं इधर पर स्पेस दूँगा मतलब ये जो कीबोर्ड का बड़ा बटन है जिसे स्पेस बार कहते हैं इसे मैं एक बार प्रेस करूँगा तो मुझे एक वर्ड बराबर स्पेस मिल जाएगा यदि मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए तो इसी स्पेस बार को मैं एक बार और दबाऊँगा और जितने बार आप इसे प्रेस करते जाएंगे आपका जो कर्चर है ना वह दूर जाता जाएगा इसके बाद अब जो भी टाइप करेंगे ना वो देख मतलब जब भी हमें स्पेस चाहिए किन वर्ड के बीच में तो हमें अपने इस स्पेस बार बटन को प्रेस करना पड़ेगा ठीक है क्लियर है आगे चलते हैं हम अपने बैक स्पेस के लिए अब बैक स्पेस का जो की काम होता है वो राइट साइड से लेफ्ट तरफ को जैसे कि इसमें एरो बनाया ना इसका जो आ, इसका जो हमारा जो साइन जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है लेफ्ट तरफ को जा रहा है ठीक है यानी कि ये बैक तरफ से स्पेस पीछे की तरफ से स्पेस लेना है तो हमें बैक स्पेस का यूज करना पड़ेगा कैसे यूज करेंगे हम देख लेते हैं इसे भी सपोज हमारा कर्सर ये जो यहाँ पर हो रहा है कल्सर बोलते हैं ये जो लाइन आपको वर्टिकल दिख रही है मुझे यहाँ पीछे से स्पेस चाहिए ठीक है या इन दोनों के ब्रॉड के बीच में थोड़ा और पास में लाना है इस तरफ से डिलीट करना है थोड़ा ये और पास में आ जाए डब्बू तो मैं ये जो बैक स्पेस है इस बैक स्पेस को मैं प्रेस करूंगा। देख एक बल्ट थोड़ा कम हुआ ना स्पेस फिर से कम हुआ फिर कम हुआ फिर कम हुआ जितने बार हम क्लिक करते जाएंगे, इसे प्रेस करते जाएंगे और हमारे राइट साइड से लेफ्ट तरफ स्पेस होता जाएगा यदि करसर हमारा यहाँ पर है अब यदि हमने बैक स्पेस को प्रेस किया तो हमारा वो बर्ट क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा फिर से प्रेस करेंगे तो और कम होगा फिर प्रेस करेंगे इस तरीके से क्या होगा हमारे जो वर्ड है वो पीछे की तरफ से मिटते जाएंगे ठीक है तो बैक स्पेस का यूज हमने देखा कि जब राइट right तरफ से यदि हमें स्पेस चाहिए लेफ्ट तरफ की हो तो हम इसे बैक स्पेस का यूज करते हैं ओके नेक्स्ट है हमारा टैप की टैपी का यूज देख लेते हैं हम अपने अब सब कुछ यहाँ मैंने फिर से लिखा ए डबल पी एम ए एप एल अब यहाँ पर हमें क्या करना है स्पेस देना है इतना स्पेस नहीं थोड़ा ज्यादा स्पेस देना है तो हम अपनी टैब की को एक बार प्रेस करेंगे ठीक है देखिए ये जो एकदम से ज्यादा स्पेस आया मतलब जब टैब की को आप प्रेस करते हैं तो जो मोर स्पेस के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं मतलब थोड़ा स्पेस देना है तो हम स्पेस बार को दबाएंगे एक बार देखिए थोड़ा सा आगे हुआ यदि ज्यादा स्पेस चाहिए तो हम टैप की को दबाएंगे ये ज्यादा स्पेस फिर से देखा ना फिर के बाद लिखा मैंने आ, बॉय बी ओ वाई, तो इसके बीच में यदि मैंने एक बार स्पेस दबाया तो सिर्फ इतना समय स्पेस मिला पर यदि मैं टैब दबाऊंगा तो देखिए ज्यादा स्पेस बोला ठीक है और भी टैब का यूज वैसे हम देखेंगे बाद में यदि हम किसी एक ऑप्शन से मैं दूसरे ऑप्शन पर जा रहे तो हम टैब का यूज करते हैं ठीक है जब भी हम कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो जैसे कि फर्स्ट नेम सेकेंड नेम थर्ड नेम ऐसे बॉक्स बने होते हैं तो पहला नेम भरने के बाद जब मैं सेकंड बॉक्स पे जाना है तो हम टैब की को यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड कॉलम में पहुंच जाता है। यदि मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं यहां पर यूज करके और तो इधर मैं छोटी सी टेबल ड्रॉ कर लेता हूं और बताऊंगा मैं कैसे वो बरकत है जैसे कि अभी मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ए अब मुझे इस वाले बॉक्स में आने तो मैं टैप दबाऊँगा ये आ गया यहाँ पर इधर मैंने कहा बी अब नेक्स्ट बॉक्स में जाना है तो फिर टैप दबाएं, ओके सी फिर नेक्स्ट टाइम में टैप दबाया करते, से तो नेक्स्ट कॉलम में पहुंच गए तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए भी हम टैप का यूज करते हैं ओके okay? नेक्स्ट देख लेते हैं टैप के बाद आता है हमारा ओके okay? एंटर की एंटर की हमारे की पर दो होती हैं ठीक है थीके? एक तो राइट साइड में बिल्कुल डाउन में कॉर्नर पर ठीक है ये वाला और जो दूसरा होता है हमारा ये जो नॉर्मली सब में होता है ठीक है सारे की में तो एंट्र की का यूज होता है या तो आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें समबिट या किसी पर राइट क्लिक, जैसे माउस का राइट क्लिक जो होता है लेफ्ट क्लिक सॉरी लेफ्ट क्लिक जिस तरीके से हम करते हैं तो हम को लेफ्ट क्लिक एज आ यूज कर सकते हैं और नॉर्मली जो जनरली यूज होता है वो क्या होता है एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए सपोज यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ और यहाँ से अब मुझे नेक्स्ट लाइन में टाइप करना है तो मैं एंटर की को एक बार प्रेस करूंगा तो दूसरी लाइन आ गई ठीक है एक और लाइन चाहिए हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो फिर से एंटर ठीक है फिर और आगे जाना है दूसरी लाइन में तो फिर से एंटर ठीक है तो एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए हम एंटर की का यूज करते हैं एप्स लॉक और सिफ्ट की एप्स लॉक और सिफ्ट देख लेता हूँ अब अपनी कीबोर्ड में मैं कैप्सॉक को एक बार क्लिक करता हूँ अब मैं जो भी टाइप करूंगा जैसे ए बी सी देख रहे हो ये सारी क्या आ रहे? है कैपिटल्स लेटर्स आ रहे हैं अब यदि मैं कैप्सलॉक को फिर से बंद कर दूं। मतलब दबा दूँ ये कैप्स लॉक बटन जो है वो बंद हो गया अब मैं जो टाइप करूँगा ए पी सी टी ये कैसा आ रहा है स्मॉल आ रहा है ठीक है एक बार फिर से मैं कैप्सॉक को प्रेस करता हूँ अब टाइप करूंगा ए पी सी टी ठीक है तो क्या हो रहा है ये फिर से कैपिटल हो रहा है तो सिंपली समझ लीजिए कैप लॉक का यूज हम अपने अल्फाबेट्स को या हम जो भी टाइप करते हैं यदि हमें उसे कैपिटल एड्रेस में चाहिए तो हम उसे कैप्स लॉक को एक बार प्रेस करते हैं तो जो भी राइट होगा वो सब क्या होगा कैपिटल एड्रेस में आएगा उसे दोबारा प्रेस कर देंगे तो सारा कैसा स्मॉल आएगा क्लियर ओके इसे मैं डिलीट करता हूँ यहां पर यूज़ की, तो की का यूज भी नॉर्मली हम कब करते हैं कैसे करते हैं यदि सपोज आपको पहला वर्ड कैपिटल चाहिए ठीक है या बीच में कुछ कैपिटल चाहिए सिर्फ सिंगल वर्ड कैपिटल चाहिए जैसे मैंने ए प्रेस किया तो ये स्मॉल और यदि मैं शिफ्ट बटन को दबा के रखूंगा और इसके बाद अब मैं ए को प्रेस करता हूँ तो कैसा आएगा कैपिटल स्पीड में बार बार कैप्स तो यदि मैं यदिंगा तो सारा कैपिटल आएगा पर शिफ्ट के साथ एक बार दबाऊंगा तो पहला कैपिटल आएगा और बाकी सारे स्मॉल अब यदि ये सब स्मॉल और सिफ्ट को दबा इसी तरह कंट्रोल की के साथ कई सारी कंप्यूटर्स कीबोर्ड्स की शॉर्टकट हैं जो हम शॉर्टकट हम ले सकते हैं जैसे मैंने कंट्रोल ए बताया आपको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं तो स्लैक्ट बी से वोल्ट सी से कॉपी डी से डिलीट डी e से, से सेंटर राइटमेंट हो जाता है जैसे मैं कंट्रोल ई करूँगा तो ये सारा डाटा सेंटर में आ गया एल करूंगा तो सारा लेफ्ट में पहुँच जाएगा आर करूंगा कंट्रोल के साथ ठीक है तो ये सारी चीज़ में बाकी आप अगर आगे की वीडियो में बताऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा कि और भी कंट्रोल के साथ क्या क्या सॉर्टकट कीज़ होती है ठीक है बहुत सारी कीज़ होती है मैं सारी आपको बताऊँगा तो ठीक है आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा यदि आपको ये लेसन समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है और जो भी यदि आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको वीडियो में यदि समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन करूँ ठीक है और कमेंट करें कि अगली वीडियो में किस चीज़ पर बनाऊँ किस चीज़ को आप सीखना चाहते हैं तब तो तक के लिए गुड पाए